बस्मीम्सल व वबरकू मैं हूँ आपका दोस्त साद अहमद और आप देख रहे योर ऑनलाइन टीचर यूट्यूब चैनल दोस्तों जैसा कि आपने तमनेल देखा तमनेल पर लिखा है फ्ले स्टोर का सबसे बड़ा मुश्किल आ तो यही यही मसला है मेरे साथ भी आया पेश आया यही मसला तो इस काल मैंने निकाल लिया है तो हल जो है वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ़ प्ले स्टोर का ये जो ऑप्शन आ रहा है फेंडिंग का और जो जो भी चीज़ हम डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है वहाँ से फेंडिंग का ऑप्शन और वो चीज़ डाउनलोड नहीं हो रहा टिक टाक वगैरह आज मैं टिकट डाउनलोड कर रहा था तो मैंने वहाँ से लिया फिर इस मसले का जो है मैंने हल निकाल लिया फिर सोचा आपके साथ भी शेयर कर सकूँ तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ़ और देखते हैं कि इस मसले का हल किया